हेलो दोस्तों जी है दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले टॉप दस जीव इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनकी उम्र है अमर है कभी तो ही नहीं है जिंदगी में चलो जानते हैं फ्रेंड कौन कौन से हैं इंसान के अधिकतर जीवित रहने की संभावना मात्र डेढ़ साल है जो हाल ही में आई स्टडी में खुलासा हुआ था लेकिन क्या आपको पता है वो ऐसे कौन से जीव है जो सबसे ज्यादा जीवित रहते हैं हमें कसू का पता चला लेकिन हाल ही में एक कसुआ मिला था जो एक साल का था लेकिन लंबी उम्र के दस टाप जीवों में की सूची में उनको शामिल नहीं किया गया हैरानी की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा उम्र के वाले जीव पानी में रहते हैं चलो तो जानते हैं सबसे पहला नाम आता है बोहेड बोहेल, जिसकी उम्र 200 साल से कम अब बोहेड बोहेल लम्बी उम्र वाली सीढ़ी में सबसे नीचे है उसके बाद नंबर नाइन पे आता है रफ आई रॉक फिश इसकी उम्र भी 200 साल से ऊपर है रफ आई रॉक फिश सबसे ज्यादा जीने भाई मसलों में से एक है और उसके बाद नंबर आता है फ्रेश वाटर पैरल मसल इसकी उम्र ढाई साल है फ्रेश वाटर पागल मशेल ऐसे जीव होते हैं जो पानी में मौजूद खाने के भरी कणों को फिल्टर करके अपना पेट भरते हैं जो आमतौर पर नदियों और द्राओं में पाए जाते हैं ज्यादातर जूर अमेरिका और कनेडा में इनको पाया जाता है और उसके बाद नंबर आता है ग्रीनलैंड शार्क। जिसकी उम्र होती है टू ईयर ग्रीनलैंड शार्क आर्टिक और उत्तरी एटलांटिक महासागर में काफी ज्यादा गहराई में रहती है जो चौबीस फीट तक लंबी हो सकती है जो कई प्रकार के समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाती है उसके बाद नंबर आता है ट्यूबॉर्म इसकी उम्र होती है 300 साल से ऊपर गहरे समुद्र में बेहद ठंडे इलाके में रहते हैं। साल 2017 है में दो साइंस ऑफ नेचर जर्नल में और कास्तरी रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की खाड़ी में ट्यूबॉर्म की एक ऐसी प्रजाति मिली थी जो 200 साल से ज्यादा जीवे थी जबकि कुछ प्रजाति ऐसी भी थी जो तीन साल से ज्यादा जिंदा रहती है और उसके बाद नंबर आता है ओशन की हॉक क्लाइन का इसकी उम्र होती है पाँच साल ओसिन कुल्हा उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है नमकीन पानी में पाए जाने वाले जीव अपने जैसी अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे ज्यादा सालों तक जिंदा रहता है उसके बाद नंबर आता है ब्लैक उम्र इसकी 4000 साल कॉरल अक्सर बेहद रंग बिरंगे सुंदर से देखने वाले समुन्द्री जीव होते हैं जी कई बार तो पेड़ पौधों की तरह लहराते हुए देख जाते हैं हवाई के तट के पास एक ब्लैक कॉरल मिला जिसकी उम्र बाईसो साल बताई गई थी उसके बाद नंबर आता है ग्लास गिलास उम्र इसकी है कि दस साल से ज्यादा ग्लास गिलासौर पर कई जीवों की एक कॉलोनी होती है जैसे होते हैं जो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं जिन धरती पर सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले में से एक है एनओ ए के मुताबिक समुद्र में काफी गहराई में रहते हैं और कम गहराई में भी इनका पी हड्डी जैसा ढांचा बन जाता है साल दो में एमिकल जियोलॉजी जनल प्रकाश की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे लंबी उम्र वाला ग्लास ग्यारह हजार साल पुराना है हो सकता है इससे ज्यादा सालों तक जीने वाले स्पंज भी मौजूद हों। उसके बाद नंबर आता है टॉरिटोपिस डोर इसकी उम्र अमर है टोरीटोपिस डर को अमर जोलीफ कहा जाता है जे लावरा की तरह जीवन की शुरुआत करते हैं इसके बाद भी समुन्द्री तलहटी में खुद को टिका लेते हैं जो जी अपना जीवन चक्र कई बार रिपीट कर सकता है इसका आकार 4.5 मिलीमीटर mm का होता है अगर इन्हें तो ये कभी भी नहीं मरते और उसके नंबर पे आता है जो अमर है। जीव होते हैं इनका शरीर बेहद नरम होता है कई बार तो ये जेलीफिश जैसे दिखते हैं हाइड्रा भी संभव अमर होते हैं क्यूँकी वैज्ञानिक आज तक इनकी उम्र का सही अंदाजा लगा ही नहीं पाए ये अपनी बढ़ती उम्र के साथ शरीर का बीमारी नुकसान नहीं आमतौर पर स्टेम सेल से बने होते हैं जो लगातार खुद पे खुद पैदा होते रहते हैं। कह सकते हैं कि करते रहते हैं हैं हैं या कह सकते कि करते अगर इनका शिकार ना हो और बीमारी ना लगे जी अमर हो सकते हैं उम्मीद करता फ्रेंड आपको जो मेरी वीडियो पसंद आई है पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना थैंक यू फ्रेंड